चलो छोड़ दे इस चाहत को भूल जाए इस मोहब्बत को हार जाए हालात क्या आगे बहा दे पानी में वादे लिखे कागज को रोक तो देता तुझे जाते हो पर किस नाम से आवाज़ दूँ कोई हक मुझे तुझे छूने का नहीं कैसे तुझे रोक दूँ रुक जा मेरे लिए आखिरी इनायत को चलो छोड़ दे इस चाहत को